Lalala, tera chhio re lalala. Aare lalala, tera chhio re lalala. Aare lalala, tera chhio re lalala. Aare lalala, tera chhio re lalala. Masino ke masia, tera chhio re lalala. Chhio re lalala. Masino ke masia, tera chhio re lalala. Teri chhio re lalala. Chhio re lalala. Masino ke masia, tera chhio re lalala. बस निकलने वाली है क्या करूं निकलो हाँ तू तो निकल मशीन दिखे दिखे दिखे। और सुन ध्यान रखियो अपना बहुत बढ़िया मजा आ गया बस जाओ। लो ए, पूरे पच्चीस हजार लूंगी ये लो, ए, ले लो तीस हजार इंसान मैं सिंपली जरा हाथ तो निकाल मेरी लोन्डिया का नसीब अच्छा निकले लौंडिया ये तो लौंडिया निकली बहन और हमने लोंडे वाला गा दिया क्या जमात हो गई मेरी लोडिया लौंडे से कम थोड़ी ना है लोडिया वाले का नेक ना लेते हम खुशी में तो लेकर हो हाँ पकड़ो फिर बहुत खुशी है मुझे अपनी लोन्डिया की तो